ये कैसे कैसे मोड़ आए है हाँ। हैं हाँ। है जिंदगी में दिल लगाने और टूटने आम हो चुके हैं ये जनाब ये कैसे कैसे मोड़ आए हैं जिंदगी में दिल लगाने और टूटने आम हो चुके हैं और बुढ़ापे में लवर्स के नेता ना बन जाएं। हम जवानी में इतने बदनाम हो चुके हैं हाँ।